जब जनता की रक्षा करने वाले ही उनके भक्षक बन जाएं तो जनता का क्या होगा कटनी में नशे में धुत पुलिस के सिपाहियों ने स्थानीय टेंट वाले को घसीटकर उसके साथ मारपीट की जिससे टेंट व्यवसायी बुरी तरह घायल हो गया घटना के बाद टेंट व्यवसायी संगठनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है पुलिस या गुंडागर्दी का यह मामला कटने के खिरनी चौकी का है जिसमें आरक्षक राकेश सिंह एवं पवन सिंह ने नशे की हालत में रात के 10 बजे टेंट व्यवसायी विनोद जायसवाल की दुकान में घुसे और विनोद को जबरदस्ती थाने ले गए फिर उसके साथ मारपीट की जिससे विनोद बुरी तरह घायल हो गया इस घटना के बाद सभी टेंट वाले एकत्रित हुए उन्होंने कोतवाली थाने में जाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंप विधि अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है विनोद जायसवाल ने इस घटना पर अपना बयान देते हुए बताया कि पहले उन्होंने बेटे के साथ मारपीट की थी जैसे तैसे मामला शांत हुआ फिर ये पुलिसकर्मी दुकान पे आए और बात करने के बहाने कोतवाली ले गए वहाँ पर इन दोनों ने और इनके साथियों ने मारपीट की वहीं विनोद की पत्नी ने बताया कि पुलिस वाले जबरदस्ती उठाकर थाने ले गए और वहाँ मारपीट की मेरा लड़का गया था दाना बनाने घोड़ो के लिए साढ़े नौ बजे रहता है तो वहाँ पर बना के लौट पाते तो जैसे जारी तो वैसे ही लड़के को पकड़ लिए चेक करने लगे बोले तुम लोग नसीड़ी बोले अभी तो दाना बना के जा रहा है वहाँ कोई रहता नहीं है दाना बनाया अपना सीधा चले आ दुकान उसकी तलाशी ली है उसके पास कुछ नहीं तो उसको मारने लगे पकड़ के हाँ उसको पकड़ के मारने लगे तो वो मेरे को फोन लगाया रोते रोते मैं दौड़ के गोला कहें मारे भाई किस मारे बोले ने भी भाई तुमसे बात, बात तो दरवाजा बंद करके ये कोई जायज है, रहा रहा है, है कोई खाना दे देगा किसी का बच्चों को समाज की रक्षा करने वाले ही धीरे धीरे समाज के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं पुलिस कर्मियों की गुंडागर्दी की खबरें आए दिन सामने आती है लेकिन इन लोगो को कोई फर्क नहीं पड़ता इधर ज्ञापन मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने कहा उक्त घटना की सूचना उन्हें मिली है अपराधियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी चौकी के पवन एवं आरक्षक राकेश के विरुद्ध विनोद जयसवाल को मारपीट करने के लिए ज्ञापन गया है और उस पर कार्रवाई की मांग की इस पर उन्हें स्पष्ट किया गया की